भोपाल स्थित सुख शांति भवन ब्रह्मकुमारीज मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर में विशाल अनुभूति सभागार बनाया गया है जिसका उद्घाटन रविवार को किया जाएगा जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे इसके साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षा होंगी राजयोगिनी बीके के जयंती दीदी सभी के मन को सुख और शांति देना इस ऑडिटोरियम बनाने का लक्ष्य है इस मौके पर चार ब्रह्मकुमारी शपथ भी लेंगी भोपाल के नीरबल स्थित सुख शांति भवन ब्रह्म कुमारीज मेडिटेशन सेंटर में सभागार बनाया गया है जिसका नाम अनुभूति सभागार रखा गया है सुख शांति की अनुभूति कराना इस सभागार का उद्देश्य है सभागार का भव्य उद्घाटन रविवार को किया जाएगा भारत के मध्य प्रांत का यह सबसे पहला विशाल रूपटॉप ऑडिटोरियम है इसमें करीब 750 लोगों के बैठने की व्यवस्था है इसके साथ सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से यह लैस है सभागार सभागार के भव्य शुभारंभ में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम शिवराज अध्यक्ष के तौर पर राजयोगनी बीके जयंती दीदी और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम मौजूद रहेंगे यह सभागार जनसेवा के लिए मील का पत्थर साबित होगा इस अवसर पर बी डॉक्टर प्रियंका बी डॉक्टर देवयानी बी ममता और बी सुनीता ब्रह्म की शपथ लेंगी बहुत अच्छा है क्योंकि डबल हीलिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब मैंने जी की है हमीदिया हॉस्पिटल से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में देट टाइम आई फील कि खुशी से बढ़ खुराक नहीं तो डबल हीलिंग हो जाती है पेशेंट्स की क्योंकि वहाँ मैंने अनुभव किया था कि अगर आप पेशेंट से बहुत प्यार से बात करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से पॉजिटिवली लेते हैं तो और बहुत सारे डॉक्टर्स होते थे वो गुस्सा करते थे और हम बहुत शांति से बिहेव करते थे तो सब पेशेंट खुशते थे कि वो वाली डॉक्टर कहाँ हैं जो बहुत पीसफुली बोलती है तो मेडिटेशन का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत अच्छा रहा और आज भी जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ ए इंदिरा गांधी मेडिकल अपना जो हॉस्पिटल है गेस्ट का तो वहाँ पर भी जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ उनको संस्कार देने होते हैं तो जो मैंने अनुभव किया है जैसे मेडिकल लाइन में भी हम लोग जब होते थे तो हमारी दिनचर्या सेट नहीं होती थी पर यहाँ पर सुबह चार बजे से दस बजे तक दिनचर्या सेट होती है जो संस्कार हमें बच्चों को देने चाहिए वो यहाँ ऑलरेडी हम ले रहे हैं और जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तब आप किसी को कह सकते हैं आप सुबह जल्दी उठिए बहुत सारे डॉक्टर्स स्मोकिंग करते हैं इसलिए वो किसी को डीएडिक्शन के लिए बोल नहीं सकते पर हमारी तो खुश नसीबी है कि हम तो सुबह जल्दी भी उठते हैं रात को जल्दी भी सोते हैं तो हम जो संस्कार बच्चों में डालना चाहते हैं वो ईज़िली हम उनको एक्चुअली uh, जब लोग पूछते हैं कि आपने जीवन क्यों चुना तो मैंने तो ये जीवन नहीं चुना इस जीवन नहीं मुझे चुन लिया <laughs> क्योंकि uh, हम देखते हैं कि अभी का जो हमारा दौर चल रहा है तो बहुत सारी बातें आप ऐसी देखेंगे कर्म कार्मिकली कि कुछ लोग भ्रष्टाचार करके भी आगे बढ़ रहे हैं कुछ लोग होते हैं वो गलत कार्य करके भी सफल हो रहे हैं और कुछ लोग हम देखते हैं कि जो सही राह पर चलते हुए भी आज पीछे हैं तो इसका कारण यहाँ पर आकर मुझे समझ में आया कि ये सब हमारे कर्मों के अनुसार होता है तो अभी की जीवन तो हमारे फिर भी ठीक है परंतु अब अभ, अभी हम ऐसी कमाई कौन सी कर रहे हैं जो हमको आगे लेकर के जाएगी क्योंकि पिछले जन्मों का कर्म हम अभी भोग रहे हैं वो अच्छा था लेकिन आगे जब हम जन्म लेंगे आगे के जो हमारे कर्म अभी के ऐसे अच्छे होने चाहिए कि आगे के जन्म हमारे बहुत अच्छे हों तो वो तो हम कर ही नहीं रहे क्योंकि हम केवल सेल्फ सस्टेनेंस कर रहे हैं सुबह से उठते हैं भागते हैं सब कुछ करते हैं बट इट्स ओनली फॉर द सेल्फ एंड द मोमेंट दोल लीवस द बॉडी उसके बाद में आपका सब यहीं छूट रहा है अपने जितना कमाया जितनी मेहनत की जितना सब कुछ किया वो यहीं छूट गया एकदम से एंड वैन देन वी आर एम्टी अब आगे फिर हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके लिए दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हम इस फिजिकल बॉडी के लिए तो लें परंतु साथ, साथ स्पिरिचुअली भी कुछ हम एक्यूमुलेट करते जाएं जो हमको आगे काम आए जिसको हम कहते हैं पुण्यक्रम आड़े आते हैं तो कर्म तो हम करते नहीं हैं लेकिन फिर वो आड़े कैसे आएंगे? तो वो करना भी ज़रूरी है तो वो मुझे यहाँ आकर समझ में आया। मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ इसलिए ज्वाइन किया है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर तन का इलाज किया जाता है लेकिन ब्रह्मा कुमारीज़ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हमारे मन का ट्रीटमेंट यानी मन का इलाज किया जाता है कहते भी हैं तन को अगर स्वस्थ रखना है तो प्राणायाम करो अगर मन को स्वस्थ रखना है तो मेडिटेशन करो तो जो मेडिटेशन है उसमें हम कैसे परमात्मा सुप्रीम पावर से कनेक्ट होकर के अपने अंदर वो शक्तियाँ भरते हैं और उन्हीं शक्तियों को कैसे हम पूरे विश्व में स्प्रेड कर सकते हैं वो विधि यहाँ सिखाई जाती है तो ये मुझे लाइफ बहुत पसंद है क्योंकि परमात्मा ने मुझे करोड़ों की पॉपुलेशन में से सेलेक्ट किया है और ये ब्रह्मा कुमारी लाइफ मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ पर ट्रुथ है लाइफ में यदि हम ट्रुत रह करके चलते हैं तो हमारे जीवन में सक्सेस मिलती है और हमारा जो, जो आगे का भविष्य होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है इसलिए हमने ये लाइफ को चूज किया इस दौरान जर्मनी की रहने वाली ब्रह्म कुमारी गुटरिन ने बताया कि ब्रह्म कुमारी बनने के बाद उन्हें सुख और शांति का अनुभव मिला है आंतरिक सुख के लिए मेडिटेशन जरूरी होता है और यह मेडिटेशन सुख शांति देता है इस दौरान उन्होंने भोपाल शहर की सराहना की वहीं लंदन से आई ब्रह्म जसवंती दीदी ने बताया कि उनको ब्रह्म कुमारी से जुड़े कई वर्ष हो गए हैं वे कनाडा लंदन कई अरब कंट्री में रही हैं जहां ब्रह्म कुमारी की संस्थाने हैं उन्होंने बताया कि जीवन में सुख शांति तभी मिलती है जब मन शांत रहता है मन की शांति के लिए मेडिटेशन जरूरी है और भौतिकता से दूर रहना जरूरी है सुख शांति भवन की संचालिका बीके नीता दीदी ने कहा कि इस सभागार के उद्घाटन में देशी नहीं विदेश के लोग भी आ रहे हैं इसके साथ ही श्रीमद भागवत गीता पर आधारित कार्यक्रम गीता वृतांत की पुनरावृत्ति हो रही है का आयोजन होगा हमारे मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा अध्यक्ष भी शाम के कार्यक्रम में हमारे मालती राय जो महापौर हैं वो भी रहेंगी विधायक कृष्णा गौर भी होंगी और भी मेहमान होंगे कुछ मंत्रीगण भी होंगे साथ में कुछ आर्मी पर्सन्स भी होंगे तो काफ़ी गेस्ट हैं और विदेश के लोग हैं ही जयंती दीदी हैं एक अतिरिक्त महासचिव हैं हमारे भ्राता ब्रजमोहन भाई जी वो भी पहुंच रहे हैं आज दोपहर तो को और कार्यकारी सचिव हमारे मृत्युंजय भाई जी भी पहुंच रहे हैं ये हमारे हेड क्वार्टर की मुख्य हस्तियां हैं जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद और जो भी मेहमान यहां पहुंचेंगे उनकी सेवाएं और उनके अनुभवों का लाभ प्राप्त भी हम सभी को होगा ओम आई थिंक इट्स अज मूवमेंट टू प्रमोट पीस इन द वर्ल्ड थ्रू डिस्कवरिंग दैट वी आर पीसफुल बींग्स आवर ओरिजिनल स्टेट ऑफ बींग पीसफुल And when we start to understand and experience that, I think then we have a greater chance to establish peace in the world. It has to come from within. Thirty-five years. I was 24 when I came into contact, and I was interested because I was looking for something else in my life than what I saw around me. I was looking for meaning, for truth, for something deeper. So I was interested in spirituality, into meditation, and then I came across the Brahmakumaris, because meditation means becoming a peaceful soul. अभी कुछ हफ्ते हुए हैं यहाँ पर अभी हम Mount Abu से यहाँ आए हैं और यहाँ पर खास सामिन्नी मंत्रण मिला था ये in order auditorium का उद्घाटन करने के लिए तो उद्घाट अ ये auditorium जब मैंने देखा तो reminded me of our headquarters in London. इंटरनेशनल हेड कोर्ट इस ग्लोबल कॉपोशन हाउस तो वहाँ पर विशेषता ये है कि ऐसे ना लगे कि हिंदू का है मुस्लिम का है चर्च का है क्रिश्चियन का है लेकिन जो भी आए अपनापन महसूस करे, ऐसे लगे अपने घर आए हैं तो यहाँ हम जब आए तो ऐसे ही लगा हम पहली बार ही आए हैं लेकिन ऐसे नहीं लगा कि कोई अजीब जगह पर आए हैं लेकिन अपने घर आए हैं तो मुझे आशा है विश्वास है कि जो भी इस घर में आएंगे सुख शांति का अनुभव करेंगे आप देख रहे हैं दखन न्यूज